कटनी से रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया है जहां अस्पताल के डॉक्टर ने विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए चालीस हजार रूपए रिश्वत की मांग की बताया जा रहा है लोकायुक्त विभाग को इसकी सूचना मिली थी जिसके बाद विभाग ने डॉक्टर के निजी अस्पताल में धरपकड़ करते हुए डॉक्टर को पंद्रह हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा अस्पताल में धानी की खबरें मानो इन दिनों आम बात हो गई हो और ऐसा ही एक मामला कटनी जिला अस्पताल से सामने आया है जहां लोकायुक्त टीम ने जिला अस्पताल में पदक से डॉक्टर की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है बताया जा रहा है विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर डॉक्टर पी डी सोनी ने चालीस हजार रूपए रिश्वत की मांग की थी जिसकी सूचना लोकायुक्त विभाग को मिली थी जिसके बाद लोकायुक्त विभाग ने डॉक्टर के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की और डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा ये पे पहले आया था मेरे को विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना था तो दो बार आया हूँ बहुत भीड़ थी सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं मिल पाई तीसरी बार में डॉक्टर साहब के घर गया मैं और मेरा मित्र था तो उनने चालीस की मांग की थी चालीस दो बार और आया मैं तो उन था की चालीस हो तो आना अन्यथा नहीं आने मैंने लोक आयुक्त शिकायत कर दी कैद मैंने की थी सत्ताईस एक 2023। हज़ार है शंकरलाल लाल कुशवाहा ये अमगवा तहसील रीठी जिला कटनी के निवासी है इनके पैर में विकलांगता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र बनना था विकलांगता प्रमाण पत्र बनने के बनाने के लिए ये जिला चिकित्सालय कटनी में पदस्थ है हड्डी रोग विशेषज्ञ श्री पी डी सोनी इनसे मुलाकात की तो इनके द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाने के एवज में चालीस हजार रूपए की डिमांड की गई थी आज हमने इन्हें पंद्रह हजार रूपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है कार्रवाई चल रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज